बैतूल के मांडवी में एक बच्चा लापरवाही के कारण खुले पड़े बोरवेल में गिर गया बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं हादसा मंगलवार शाम बैतूल जिले के आठनेर के मांडवी गांव में हुआ जानकारी के अनुसार तनमय खेत में खेल रहा था इसी दौरान उसने बोरवेल में झांकने की कोशिश की बैलेंस बिगड़ने पर वह उसमें जा गिरा बच्चा नजर नहीं आया तो सभी बोरवेल की ओर से दौड़े आवाज लगाने पर बोरवेल के भीतर से बच्चे की आवाज आई इस पर परिवार वालों ने तत्काल बैतूल और आठनेर पुलिस को सूचना दी जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला सबसे पहले बच्चे के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन पाइप डाला गया बच्चे को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीमें काम में लगी हुई हैं बच्चे को निकालने के लिए बोरवेल से करीब 30 फीट दूर बुलडोजर से समानांतर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है पिता ने बच्चे से बात की तो उसने कहा यहाँ बहुत अंधेरा है मुझे डर लग रहा है जल्दी बाहर निकालो 6 साल का तन में दूसरी क्लास में पढ़ता है और खेलते खेलते करीब चार फीट गहरे बोरवेल में गड्ढे में गिरा है मौके पर कलेक्टर सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद है कलेक्टर बैतूल अमनवीर सिंह बैंस ने बताया कि बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है वहीं रात में करीब 20 फीट गड्ढा खोदा जा चुका है बच्चे के रेस्क्यू की मॉनिटरिंग मंत्रालय के कंट्रोल रूम से हो रही है भोपाल नर्मदापुरम और हरदा से भी एस की टीम रेस्क्यू के लिए बैतूल पहुंची है वहीं सीएम शिवराज ने कहा बैतूल के आटनेर ब्लॉक के मांडवी गाँव में आठ साल के मासूम के बोरवे में गिरने की घटना दुखद है मैंने स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं मैं प्रशासन के सतत संपर्क में हूँ